नमस्कार साथियों आर.के. टेक्निकल गुरु के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023 से रिलेटेड जो बड़ी अपडेट आई हुई है और बिहार सरकार आ, के द्वारा जो है एक बहुत बड़ी अपडेट लाई गई है और इससे रिलेटेड आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया अंतक देखते रहें साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट को इस योजना के बारे में पता चल पाएं तो बिहार सरकार के द्वारा एजुकेशन रिलेटेड जो एक बड़ी अपडेट है स्कॉलरशिप से रिलेटेड उन्हीं तो तो तो दसवीं कक्षा अच्छा तक के बच्चों को मिलेगा स्कॉलरशिप राशि जाने पूरी जानकारी इस पे स्टेप बाय स्टेप सारा आर्टिकल्स दे दिया गया है तो आप इस वेबसाइट पे भी आकर पूरा इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे इसका जो आवेदन स्टार्ट मतलब ऑनलाइन मोड में होने वाला है ठीक है और इसका लाभ जो है बिहार के ही छात्र छात्रवंडली ले पाएंगे इससे उसका नोटिफिकेशन दिखाता हूं और उसी पे देखकर मैं बताता हूँ कि क्या और क्लियर कैसे आवेदन हो पाएगा और किस स्टूडेंट को कितना अमाउंट मिलेगा तो ये देखेंगे बिहार सरकार के द्वारा जो है कि ये एक पोस्ट जारी किया गया था बिहार मतलब पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा और वित्तीय वर्ष 22 तेईस से जो राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग वर्ग का जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से रिलेटेड जो है एक संबंधित सूचना जारी की गई है ठीक है जिसमें कि कक्षा एक से लेकर के दस तक के स्टूडेंट को इस योजना के अंतर्गत जो है लाभ दिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे इसमें पहला स्टेप जो दिया गया है योजना के संबंध में दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कक्षा एक से दसवीं के छात्र छात्राओं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत विद्यालयों में मतलब कि वो पढ़ रहे हों ठीक है को शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र या छात्राओं का चयन कर सत्या सत्यापन के उपरांत जो है छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी इसका कहने का मतलब है कि बिहार सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उसमें अगर वो बिहार के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जो कि एक से दस के बीच के स्टूडेंट हैं वो अगर पढ़ रहे हैं तो उसका सत्यापन करने के उपरांत जो है छात्रवृत्ति देने की कार्रवाई की जाएगी ठीक है इसका कार्य जो है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यालय ठीक है जो कक्षा एक से दस में जाने वाले बच्चों का छात्रवृत्ति जो है जो मतलब इसमें दो ही कैटेगरी के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होंगे पहला पिछड़ा वर्ग दूसरा अत्यंत पिछड़ा वर्ग ठीक है बीसी वन बीसी टू ठीक है तो इसमें पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट ही इसमें एलिजिबल हैं साथ ही छात्र का जो है कि पात्रता क्या रहेगी उससे रिलेटेड भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है तो ये पात्रता जो है बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए जाति जो है इसका आ, जाति पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत होना चाहिए इसमें क्लियर कर दिया गया कास्ट जो है सबसे बड़ा मैंडेट्री है मायने रखता है इस योजना का लाभ लेने में वो स्टूडेंट जो इसके लिए एलिजिबल हैं जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र या छात्राओं तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए कोई आय अधिक मतलब अधिस नहीं है मतलब इसमें जो है कि इनकम का कोई अधिक नहीं है ठीक है परंतु पिछले वर्ग के छात्रों को आर्थिक आधार पर उनके माता पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों के कुल वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर तीन लाख रुपए से कम है तो ही उनको इस योजना का लाभ मिल पाएगा अन्यथा उस कैटेगरी के स्टूडेंट को नहीं मिल पाएगा छात्रवृत्ति की जो राशि है इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्येक वर्ष एक किया जाएगा जिसमें कि एक कक्षा एक से लेकर के कक्षा चार तक जो है छह सौ रुपये कक्षा पांच से छ तक बारह सौ रुपये और कक्षा सात से दस तक जो है अठारह सौ रुपए यानी कि टोटल एक से दस क्लास तक में जब स्टूडेंट पढ़ेंगे तो टोटल उस स्टूडेंट को तीन हजार रुपये एक मुफ्त दी जाएगी ठीक है यहाँ से एक से दस के जो छात्रावासी रहेगी मतलब ठीक है जो छात्रावास स्टूडेंट हॉस्टल तो रहेंगे उनको जो है तीन दिया जाएगा ठीक है और इसमें छात्रवृत्ति हेतु अन्य शर्त जो है वो भी दिया गया है एक कक्षा में के लिए एक ही बार अनुमान्य छात्रवृत्ति दिया जाएगा मतलब कि एक, अगर कक्षा एक में है तो आपको एक ही बार छ सौ रुपये दोबारा छह रुपए नहीं मिलेगा ठीक है दूसरा है छात्र या छात्रा द्वारा अनुशासन या छात्रवृत्ति की शर्त का उल्लंघन करने पर छात्रवृत्ति को रोक या रद्द कर दिया जाएगा यानी कि इसका जो रिक्वायरमेंट है बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और वो स्टूडेंट पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट तथा जो पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट है उसका फैमिली का जो आर्थिक मतलब इनकम जो है सालाना इनकम तीन लाख से कम होना चाहिए ठीक है ये सब सारी उसका जो पात्रताएं वो अगर फुलफिल कर रहे हैं तो इस योजना का लाभ संपूर्ण तरीके से वो स्टूडेंट ले सकते हैं ठीक है और तीसरा इसमें दिया गया इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने कर रहे छात्र या छात्राओं को किसी अन्य प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा मतलब जो स्टूडेंट इसमें इस योजना का लाभ ले रहे हैं उस स्टूडेंट को जो है अन्य जो छात्रवृत्तियां होती हैं वो छात्रवृत्ति की अमाउंट जो है लाभ नहीं दी जाएगी स्टूडेंट को ठीक है क्रियान्वयन एजेंसी जो रहेगा इसका वो योजना का क्रियान्वयन जो है शिक्षा विभाग बिहार सरकार जो है शिक्षा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग है उसके द्वारा ही किया जाएगा ठीक है और चयन का प्रक्रिया जो है शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा पात्र छात्र या छात्राओं का चयन और सत्यापन करने के पश्चात ही उस स्टूडेंट को भुगतान की जाएगी तो इससे संपूर्ण जानकारी यही दी गई है और इससे ज्यादा जानकारी लेना अगर है तो हमारे जो आर्टेक्निकल गुरु का ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर दे दिया है और इसमें लिंक भी टैग कर दिया गया तो वहां जाकर के आप सारी जानकारियां ले सकते हैं और ये इस छात्रवृत्ति का लाभ जो है मेगा सॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से ही दिया जाएगा और जो स्टूडेंट एक कक्षा एक से दसवीं तक पढ़ रहे हैं तो वो सारा डिटेल्स जब भी स्टूडेंट का डिटेल्स स्कूल के द्वारा मांगा जाए तो आप लोग सौ समय सारी जानकारियां वहाँ पर दे दें ताकि आपको इस योजना का लाभ समय मिल पाए साथ ही इसका जो आवेदन है आवेदन भी ऑनलाइन तरीके से ही होगा और इससे रिलेटेड जो विस्तृत जानकारियां आएगी तो इसी चैनल के माध्यम से आपको दोबारा मिल जाएगा तो इस चैनल को जो भी दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लें साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हों वो इस योजना का लाभ संपूर्ण तरीके से ले पाए चले दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन था जो कि बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा आया हुआ था तो इसी से रिलेटेड आपको जानकारी देनी थी तो यही इन्फॉर्मेशन था और ज्यादा अधिकतर जानकारी के लिए आप कमेंट भी करें ताकि अगर इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उस पर भी एक सेपरेट वीडियो में बनाकर दे दूंगा तो वहां से भी आपको संपूर्ण जानकारियां मिल जाएगी चले दोस्तों जो भी दोस्त आर्किटेक्निकल गुरु के जो है कि टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इससे रिलेटेड जो भी नई इंफॉर्मेशन आएगी तो इसी चैनल पर आपको मिलेगी तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा तब तक के लिए धन्यवाद